Hey, come look at this. Oh bhai, oh bhai, hacker aa gaya hacker. Koi iska ID ban karwao, koi iska ID black list pe daal aur Garena ko mail karo. To <laughs> <laughs> <laughs> so guys, aaj main bahut khush hu. आपको मैं ठीक बता नहीं पा रहा हूँ मेरा कितना खुशी हो रहा है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद बहुत मेहनत करने के बाद मेरा दस के हो चुका है थैंक यू फॉर ऑल गाइस इसके लिए मतलब दिल से थैंक यू मतलब पता नहीं था इतनी जल्दी दस के हो जाएगा और जैसा कि मैं वादा किया था दस के होने के बाद से मैं कुछ नया नए गेम्स खेलूँगा उस गेम आएंगे बहुत जल्दी मेरा माइंड का वीडियो आएँगे इसलिए बहुत ज़्यादा कमेंट कर दो तो। जितना कमेंट है भर भर के कमेंट करो गाइज जिससे वो वीडियो बहुत जल्दी आए और जैसे कि हमने वीडियो के थंबनेल दे पे आप लोगों को देखा है आज का कॉन्फिफाइल तो दस के वजह से आज का कॉन्फिफल भी, भी तगड़ा होने वाला है ये मेन आईडी के लिए होने वाला है इसलिए अपने रियल आईडी पे यूज़ करो आपका आईडी डी बैन नहीं होने वाला इस बात का गारंटी रॉय मास्टर को खुद देता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का जो कॉन्फीफाइल होना है इसमें बहुत सारे कोडिंग है गाइड हाँ इसमें बहुत कोडिंग है इसका साइज कुछ तीन एमबी है और एक और बात जिसके में वर्क नहीं करता उस बंद को डिवाइस में वर्क नहीं है और आपका डिवाइस का नाम भी लिख देना साइड में रैम कितना है वो भी बता देना तो नेक्स्ट जो कॉन्फिक तो आपके डिवाइस के लिए एक और बात गाइस जिसके डिवाइस में भी वर्क नहीं करता है प्लीज उल्टा सीधा बात मत कहीजिएगा कमेंट में बुरा लगता है और चलिए आपको अप्लाई प्रोसेस भी दिखा देते हैं और कमेंट में ये जरूर बता देना नया गेम कौन सा गेम के ऊपर बनाए जो रहा है दे तो देखो अप्लाई प्रोसेस बहुत ही आसान है सबसे पहले आपको एक्सप्लोर कर लेना है पासवर्ड वीडियो में है तो इसका अंदर देखो इसके अंदर स्क्रिप्ट है आपको ये पूरा लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कैसे कट कर लेना है इतना कट कर दीजिए करने के बाद आपको डिवाइस में फिर एंड्रॉयड पे चले जाइए सिंपली और डेटा पे चले जाइए और डेटा पे के जाने के बाद आपको फ्री फायर मैक्स फ्री फायर जो है हाँ, इसके अंदर फाइल पे जाइए जो कम्पल कंपल कैच एंड्रॉयड गेम्स बंडल और गेम्स बंडल अन तरह के आपको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके पेस्ट कर देना है बस इतना सा कर दीजिए आपका काम खत्म